किया कि तुम गया मैं भी। मरता क्या ना करता पलट के जवाब दिया मैंने पूछा जहर खाने से क्या होता है तो बोला मृत्यु तो मैंने कहा तुमको कैसे पता कभी अनुभव किया है तुमने तो?